कठिन परिस्थिति का सामना कर वो अपनी प्रबलता दिखाती है इसीलिए तो नारी शक्ति कहलाती है अब वक्त है ऊंची उड़ान भरने का भय को पराजित करने का विजयी बनने का डर की दीवारें चल बनाए जग नया लांग के अब वो लक्ष्मण रेखा बन निडर बन निर्भय हमारी माँ बेटी और बहनों के हेल्पलाइन 103 पर डायल करते ही निर्भय स्क्वाड उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा रहेगी तैयार सदरक्षण है खल निग्रहण मुंबई पुलिस